छतरपुर में कलेक्टर ने बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए जिस पर राजस्व अमले ने कार्रवाई शुरू कर दी है बस स्टैंड पर हाथ ठेले और अतिक्रमणकारियों का कब्जा है जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है बस स्टैंड बसों के लिए होता है लेकिन यहाँ हाथ ठेले और अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है जिससे बसों को लगने में परेशानी होती है अतिक्रमण की वजह से हाथ ठेले वालों से रोजाना विवाद की स्थिति बनी रहती है इसलिए एस तहसीलदार नगर ने संयुक्त अभियान चलाकर हाथ ठेला दुकानदार और गुमठी वालों को हिदायत दी कि 24 घंटे के अंदर अतिक्रमणकारी हट जाएं नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके अतिक्रमण को हटाए जाएंगे ये स्टैंड बस स्टैंड न कहलाकर कर फल ठिलिया स्टैंड के लिए जाना जाता है प्रशासन का दिखावा साल में एक दो बार होता रहता है और फिर प्रशासन व्यस्त अतिक्रमण और फल ठिलिया वाले मस्त हो जाते हैं माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश निर्देश अनुसार हम लोग आज बस स्टैंड आरोप आर पुलिस आर तहसीलदार सीएमओ के साथ में बस स्टैंड गए थे बस स्टैंड को व्यवस्थित करने के उद्देश्य गए थे कि आप व्यवस्थित हो जाए बसें सही तरीके से लगें अनावश्यक उनको परेशानी ना हो बस वालों को दिक्कत आ रही है वहाँ पर और टैक्सी व्यवस्था कर व्यवस्थित तो करने के उद्देश्य से वहाँ गए थे वहाँ जो अनावश्यक अतिक्रमण जो किए हुए हैं उनको भी हिदायत दे दी समय रहती हटा लें अन्यथा वो अपने तरीके से कार्रवाई करेगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें